दोस्तों मैं दिन भर क्या करता हूँ दोस्तों मैं दिन भर खेत में का, काम करता हूँ और दोस्तों कुछ खाली समय में अपने कुछ दोस्तों मेरे पास जो भेसें हैं दोस्तों उनको मैं चारा खिलाने की यहाँ आता हूँ दोस्तों आपको मतलब कि इस विषय पे आपको वीडियो देखनी हो दोस्तों मुझे कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों ये मेरे पास कुछ भेसें दोस्तों वो खाली पड़ी जमीन में जो चारा उगाता है दोस्तों खा रही है अगर आपको ऐसे देख वीडियो देखने में इंटरेस्ट हो मतलब पसंद हो तो, तो मुझे कमेंट करके बता सकती है